जिंदगी का कानून है मियाँ कभी गिरते तो कभी संभलते रहेंगे अजय जिंदगी का कानून है मियाँ कभी गिरते तो कभी संभलते रहेंगे नजारा लीजिए जिंदगी के हर मुड़ का काम तो यू ही चलते रहेंगे